आज बाद आपको ऐसा एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपके फ़ोन में कोई भी नेटवर्क रिलेटेड रिलेटिव इशू आता है अगर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड नेटवर्क का इशोर अगर आपका मन में आता है तो फिर उसको आप बड़ी एफ एम्स सोल्व कर सकते हैं।, हैं वो भी मात्र में। सेकेंड बोर्ड की और तो इसको आप कर सकते हैं रिलेटिव आपको कोई शॉपकीपर के पास नहीं जाना कोई भी सर्विस नहीं जाना एकदम एक, एक सेकेंड में और हंड्रेड परसेंट लोक इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तो और हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फ़ोन से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को इसके लिए आपको चैटिंग भी जाना होगा सेटिंग उसके इस बाद देख सकते हैं यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग कैसे बनाए यहाँ पे कोई कोई भी ऑप्शन दिखा नहीं दिखाई मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन तो दिखाई देता है तो यहाँ पर कुछ तीन चार ऑप्शन खुल के आ जाते हैं और ये तो यहाँ पे जाने के बाद फिर ये क्या डाटा क्लियर क्या क्या बोल रहा है इतना झंझट क्यों करना है ये तो शॉर्टकट नहीं करना है ना तो इसके लिए सेटिंग आने के बाद ये सर्च ना क्योंकि आपको रीसेट मार देना है तो रिसेट मारने के बाद ऐसे रिसेट री सेट नेटवर्क सेटिंग ऑल बैकअप ऐसे रिसेट ऐसा ऐसे कुछ ऑफन आ जाएगा तो अगर हमें नेटवर्क का रिलेटेड इशू है हम नेटवर्क सेटिंग मार सकते हैं अगर हमें कुछ सेटिंग से रिलेटेड इशू है अगर आपके लॉक लगा के घूल चुके हैं या कई सेटिंग्स में प्रॉब्लम आ जाते हैं आपका कोई एक विषय हो गया है तो उनको भी आपके सेटिंग्स रीसेट करके मार ऑल सेटिंग्स करके रीसेट कर सकते हैं आपको फोन में सेटिंग्स ज़्यादा हो चुका है तो इसको भी आप रिसेट कर सकते हैं इसलिए हम हाँ आपको नेटवर्क करके दिखाने वाले हैं मेरा तो फोन में नेटवर्क नहीं चल रहा था अच्छे से इसलिए मैंने यहाँ पर वही ऑप्शन आ जाएगी तीनों और यहाँ पर कुछ रीस्टोर डाटा का भी ऑप्शन आएगा हमें ये नेटवर्क सेटिंग रिसेट पे मारना है और रिसट सेटिंग्स मार देना है तो इसके लिए हमें लॉक मांगेगा मेरा लॉक में मार दे रहा और उसके बाद कुछ रेड कलर में यहाँ पे रिसट सेटिंग्स मार देगा तो प्लीज़ वेट बोलेगा और उसके बाद नेटवर्क सेटिंग रिसेट्रेंड्स हमारा नेटवर्क सेटिंग रिसेट हो चुका है और इससे हमारा तो भी शो हो चुका हुआ है इसमें आपको चला गया YouTube दिखा दे रहा हूँ मेरा YouTube पहले नहीं चल रहा फ्रेंड्स मेरा यूट्यूब तो बहुत चल रहा है कुछ टाइम से कई वीडियो आ चुका है फ्रेंड्स ही आप अपने सेटिंग्स को कर सकते हैं अगर आपको तरीके से रिसेट करना हो तो थैंक यू फ्रेंड्स तो ये क्या है तो अगली वीडियो पे हम लोग